कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। जन मेरी किस्मत में, जन मेरी किस्मत जाने मेरी किस्मत ने क्या क्या खेल खेला कल भी मने अकेला था आज भी अकेला है आते हैं पास लोग अपने अपने मतलब ऐसी आते हैं पाप आते हैं पाप आते हैं पास लोग अपने अपने मतलब से रंग फिर बदल जाता है शर्त सीधा होने रंग फिर बदल जाता है शर्त सीधो ने फिर ना कोई पूछता है फिर ना कोई पूछता है हाथे याद ढेला कल भी मन अकेला था आज भी कल भी मन अकेला था आज भी अकेला जिंदगी के मंडप में हर खुशी कमारी है के मंडप में हर खुशी कमारी है किसी से कुछ मांगने जाओ हर कोई भिखारी है किसी से कुछ मांगने जाओ हर कोई भिखारी है सब कोई के आंखों में सब कोई के आंखों में आंसू आ करेला है कल भी मन अकेला था आज भी अकेला कल भी मन अकेला था आज भी अकेला जाने मेरी किस्मत ने क्या क्या खेल खेला है कल भी मैंने अकेला था आज भी अकेला कागजी गुलाबों में झूठते हो तुम्हें खुशबू कागजी गुलाबों में प्यार सिर्फ मिलता है आजे कल किताबों में प्यार सिर्फ मिलता आज कल किताबों में रिश्ते नाते झूठे रिश्ते नाते झूठे स्वार्थ का झमेला कल भी मन अकेला था आज भी अकेला कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है